ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर औसफ शाहमीरी मीरी खुर्रम ने शाहरुख खान की फिल्म पठान और उसके दृश्यों की कड़ी आलोचना की है उन्होंने फिल्म पठान को इस्लाम के खिलाफ बताया है ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर औसफ शाहमीरी खुर्रम ने फिल्म पठान और उसके दृश्यों की कड़ी आलोचना की है उन्होंने कहा कि पठान फिल्म में इस्लाम के नियम कानून का मजाक उड़ाया गया है अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है हिंदुस्तान के मुसलमानों में फिल्म पठान को लेकर बेहद गुस्सा है ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी इस फिल्म पठान का विरोध करती है उन्होंने कहा कोई भी स्टार हो उसकी एक्टिविटी पर इस तरह की फिल्म पर बैन लगाया जाए ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदर के नाते आज मुझसे बहुत सारे लोग आकर मिले बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं सबने एक ही बात बताई कि पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मजहब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है बहुत अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद दुखा गुस्सा नाराजगी आक्रोश है ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालफत करती है मजम्मत करती है विरोध करती है जो अमल मजहब इस्लाम की तोहन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए हम हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से बिलखसूस नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले इस्लाम के दुश्मन वो तो चाहे कोई भी हो शाहरुख खान हो या कोई भी खान हो उनकी सख्त से सख्त मुखालफत की जाए और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसी तमाम फिल्में या ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ पर तुरंत बैन लगाया जाए जिनसे मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं हमारी भावनाएं आहत होती हैं हम पुरजोर अपील करते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तमाम मेंबरान इस बात पर मुतफक है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी हाल में मजहब इस्लाम की तोहन बर्दाश्त नहीं करेंगे